जय हिंद ये बाल विकास का पार्ट आठ है जो लोग एक से लेकर सात तक नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर के पहले पार्ट एक दो तीन चार पाँच छः और सात देख लें और अपने आप को चेक कर लें कि कितने नंबर हम पा रहे हैं और ये जो बाल विकास का है जो इसलिए चल रही है केवल केवल प्रैक्टिस की है और इससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि हम हमारा कितना तैयार है और ये विशेषकर यूपी टी, टी और सुपर टेट के लिए उपयोगी है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्न के साथ तो कमेंट बॉक्स में पूछा गया था अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार क्या है ऑप्शन ए था प्रशंसा बी था पुरस्कार सी था नेतृत्व या फिर डी लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को देना चाहिए था ऑप्शन डी लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा प्रश्न नंबर 11 अधिगम है अधिगम क्या है ऑप्शन ए व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन ऑप्शन बी परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ऑप्शन सी अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने यह लगाया है उपरयुक्त सभी तो यह बिल्कुल गलत उत्तर है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन प्रश्न नंबर बारह सीखना विकास की प्रक्रिया है यह कथन किसने कहा है आप गेट्स व अन्य ने कहा है सिंपसन ने कहा है ऑप्शन सी वुडवर्थ ने कहा है या फिर डी मर्सेल ने कहा है चलिए लगाइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर बारह का इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उडवर्थ का सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन उडवर्थ का है प्रश्न नंबर तेरह सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है ऑप्शन ए थारण डाइक ने बी कोहलर ने ऑप्शन सी पावलाव ने या फिर ऑप्शन डी वर्थ ने इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कर चुके होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोहलर प्रश्न नंबर चौदह और ये यूपी 2016 में आया हुआ सवाल है और एक हम सूचना देना चाहते हैं ये कि जब शिक्षक भर्ती आएगी तो इस चैनल पर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो पंद्रह विषय आते हैं वो सभी विषयों की तैयारी नियम पूर्वक पूरा सिलेबस कम्प्लीट कराया जाएगा इसलिए आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जो पड़ोस में बेल आइकन दबा है बना है उसको आप दबा दीजिए जिससे हमारा जब वीडियो कोई नया पड़े तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए प्रश्न नंबर चौदह देखते हैं पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं ऑप्शन ए भाषा विकास के लिए ऑप्शन बी यौन विकास के लिए ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास के लिए और ऑप्शन डी सामाजिक विकास के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे जाने जाते हैं प्रश्न नंबर 15 क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ऑप्शन ए पावलव ने बी स्कीनर ने सी थार ने या फिर डी कोहलर ने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्कीनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था प्रश्न नंबर 16 रिक्त स्थान भरना इसमें भी संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाओं ने प्रयोग किया था यूपी टी टी दो में पूछा सवाल है पावलाओं ने किस पर प्रयोग किया था ऑप्शन ए बिल्ली पर ऑप्शन बी कुत्ते पर ऑप्शन सी बंदर पर या फिर ऑप्शन डी चूहे पर इस प्रश्न का सही जवाब है या इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कुत्ते पर यदि आप लोगों को हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन या चैनल पर नहीं जा पाते हैं तो यहाँ पर एक साइड में आई बटन बना होगा उस आई बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे आप हमारे चैनल पर या उस वीडियो पर पहुंच जाओगे जो उस आई बटन में दिया होगा प्रश्न नंबर सत्रह थान डाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है ऑप्शन ए व्यवहारात्मक सिद्धांत ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी उपरुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। एंड का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है तो यह आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में थारण डाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है ऑप्शन ए व्यवहारात्मक सिद्धांत ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी उपरयुक्त में से कोई नहीं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्यवहारात्मक सिद्धांत प्रश्न नंबर 18 यू पी में पूछा हुआ सवाल सीखने के वक्र किसके सूचक हैं ऑप्शन ए सीखने की प्रगति के सूचक हैं बी सीखने की मौलिकता की सूचक सीखने के, के सूचक हैं सी सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या फिर डी सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीखने की प्रगति के सूचक हैं कौन सीखने के वक्र प्रश्न नंबर 19 अंतर्दृष्ट जिसे सूझ का भी सिद्धांत कहते हैं द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था किस पर किया था कोहलर ने प्रयोग यूपी टी टी वाले में भी पूछा हुआ सवाल है आप सन कुत्ते पर बी वनमानुषों पर सी बिल्ली पर या फिर डी चूहों पर इस प्रश्न का सही जवाब या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वन वान शु प्रयोग किया था अंतर्दृष्टि या सोच के सिद्धांत को कोहलर ने प्रश्न नंबर बीस अधिगम में रिक्त स्थान भरना है ने प्रभाव का नियम दिया था किसने प्रभाव का नियम दिया था अधिगम में ऑप्शन ए पावलाव ने बी स्किनर ने सी वाटसन ने या फिर डी थारनडाइक ने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थॉर्नडाइक आप लोग जब प्रैक्टिस सेट हल करने बैठा करो तो पेन और पेपर लेकर बैठा करो ऑप्शन आप, आप टिक करते जाओ फिर लास्ट में मैच करो कि कितने नंबर का आप सही कर पाए हो जिससे सही जानकारी मिल सके कि आपका स्टेटस क्या है तैयारी अच्छी है या अभी और करने वाली है तो प्रश्न नंबर इक्कीस निम्न में से कौन सा मत अंतर दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है यूपीटीटी 2014 में पूछा हुआ सवाल है ऑप्शन ए मनोविश्लेषणवाद बी व्यवहारवाद सी संबंधवाद या फिर डी गेस्ट तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन डी गेस्ट तो बिल्कुल सही जवाब है सही उत्तर है प्रश्न नंबर बाईस सीखने के नियम किसने दिए हैं यूपीटीई 2014 में पूछा हुआ सवाल ऑप्शन ए पावलाव ने बी स्किनर ने सी थॉर्नडाइक ने या फिर डी कोहलर ने तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने घिस कर लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं प्रश्न नंबर 23 सीखना क्या है यूपी दो हज़ार में पूछा हुआ सवाल ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन ऑप्शन बी अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है या फिर सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थाई परिवर्तन है या फिर डी उपर्युक्त सभी प्रश्न नंबर 23 इस, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी प्रश्न नंबर 24 प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है यू पी टी में पूछा हुआ सवाल है ऑप्शन ए थारणाइक बी मैकडूगल सी कोहलर या फिर डी पाओलाओ तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने लगाया है मैकडूगल तो ये बिल्कुल गलत है इस प्रश्न का सही जवाब या इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए थर्नडाइक नंबर पच्चीस सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए यूपीटीटी 2014 में पूछा हुआ सवाल कि सीखने के पठार के लिए क्या नहीं करना चाहिए ऑप्शन ए सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए ऑप्शन बी सीखने की अच्छी विधि द्वारा प्रयोग करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए उसे दंडित करना चाहिए दंडित दंड वाली कोई व्यवस्था नहीं इसलिए ये नहीं करना चाहिए इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए हाँ बिल्कुल ये भी करना चाहिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर निकल कर आया है ऑप्शन सी उसे दंडित करना चाहिए जो सीखने में कमज़ोर है उसे दंडित नहीं करना चाहिए उसको और अच्छी तरीके से या अच्छी विधियों का प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए सीखाना चाहिए तो प्रश्न नंबर पच्चीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उसे दंडित करना चाहिए प्रश्न नंबर 26 सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है यूपी 2013 में तो पूछा हुआ सवाल है ऑप्शन ए अभ्यास कार्य से ऑप्शन बी परिणाम की अपेक्षा से ऑप्शन सी प्रशंसा से या फिर ऑप्शन डी तत्परश तत्परता से इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में और इस सवाल का हम उत्तर देंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद